तो मूलांक चार वालों यदि आपका भी जन्म किसी भी माह की चार तारीख तेरह तारीख या फिर बाईस तारीख को हुआ है तो आपका भी मूलांक चार है और वार्षिक राशिफल दो हज़ार बीस मूलांक चार वालों के लिए कैसा रहेगा ये आज हमारी चर्चा का विषय है तो सही मायनों में वर्ष फल दो ये साल आपका ही रहेगा सबसे ज़्यादा गोल्डन इरा आपके लिए दो रहेगा ये साल जो रहेगा दो आपको तरक्की के नए आयाम स्थापित करके रख देगा जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी और आपकी लोकप्रियता में दिन दुना राज चौगना वृद्धि होगी यदि आप पॉलिटिशियन हैं राजनीतिक हैं कानूनविद हैं जज हैं सरकारी क्षेत्र से संबंधित करते हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं सराप से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो ये साल आपको ना केवल लोगों का भरोसा जिताने में कामयाब होगा बल्कि आप एक नई पहचान बनाने में कामयाब होंगे और 99.9% आपको इस साल प्रसिद्धि मिलेगी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी हालांकि इसका असर आपके पारिवारिक जीवन और दांपत्य जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आप उनको जो है थोड़ा सा कम समय दे पाएंगे इस बीच पारिवारिक जीवन में और दांपत्य जीवन में तनातनी बनी रहेगी लेकिन इसके बावजूद भी आपके परिवार वाले आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भी खड़े रहेंगे और आपके हर काम में आपका साथ देंगे अंक ज्योतिष 2020 के अनुसार आप थोड़ा सा ट्रैक से हटकर के चलना पसंद करेंगे और आपकी यही खूबी इस साल आपको खूब तरक्की दिलाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अचानक से फेमस हो सकते हैं ध्यान दीजिएगा यदि आपका मूलांक हमने बताया ना कि चार तारीख हो गया या तेरह तारीख हो गया या बाईस तारीख हो गया तो ये यदि आपका है आप देखिएगा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप अचानक से आग लगा देंगे इसके अलावा इस साल आपको अति आत्मविश्वास से बचकर रहना होगा क्योंकि इसकी वजह से तमाम नुकसान भी आप उठा सकते हैं जहां एक और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने से आपका मन सातवें आसमान पर होगा वहीं प्रेम संबंध में भी आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यदि आपका मन लव मैरिज करने का बना हुआ है तो ये साल आपके लिए सुनहरा मौका लेकर के आया है आप अपने परिवार वालों को मना लेंगे इस साल आप अपने विरोधियों को मात देंगे और आपके काम से आपकी पहचान बनेगी मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे जमकर मेहनत करेंगे धन लाभ होने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं क्योंकि ये साल राहु पर डिपेंड कर रहा है तो मूलांक चार वालों आप पर भी राहु ग्रह का प्रभाव रहेगा और राहू जो होता है ये जब देने पर आ जाता है तो, तो छप्पर फाड़ कर धन देता है लॉटरी इत्यादि शेयर मार्केट इत्यादि जुए से सट्टे से इन सबसे धन प्राप्त होने के प्रबल योग आपके बन रहे हैं आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी तरक्की किसी निर्बल व्यक्ति को परेशान करके ना मिले बाकी आपके लिए पूरा साल बाहें फैलाए हुए हैं तमाम अच्छे मौके आएंगे गोल्डन मौके आएंगे सरकारी क्षेत्र पर जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं ट्रांसफर चाह रहे हैं उनको ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ प्रमोशंस इत्यादि भी यदि आपका रुका हुआ है तो इस साल आपको प्रमोशन भी मिलेगा कोई नए मेहमान का आगमन आपके परिवार में हो सकता है आप पिता बन सकते हैं आप माता बन सकते हैं तो दर्शकों ये साल जो रहेगा काफ़ी उन्नति भरा रहेगा एक बात बताना चाहेंगे इस साल आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे जिस मात्रा में आपके पास पैसे आएंगे उसी दुगने वेग से पैसे जाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं काला धन ब्लैक मनी आप लोग बहुत ज़्यादा कलेक्ट करेंगे इकट्ठा करेंगे तो इन सब चीज़ों से भी देखिए टैक्स वगैरह आप लोग पे करिए एक जो आ, क्या कहते हैं नागरिक का कर्तव्य होता है उससे पीछे मत हटिएगा पैसा खूब कमाइए लेकिन टैक्स आप लोग जरूर भरी अन्यथा किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं इसके साथ साथ वर्षफल दो यदि आपने पूर्व में आपका पैसा फंसा हुआ है किसी को आपने घूस वगैरह दिया होगा आपका काम नहीं हुआ होगा तो इस साल आप उनसे रिकवरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तमाम जो आपसे उधार लिए थे बंधु लोग आपके लोन में फंसे थे ऋण में आप फंसे थे तो इन सभी चीज़ों से बाहर आने के लिए ये साल है इस साल को आप लोग खूब इंजॉय करिए रेमडी कुछ बता देते हैं उपाय बता देते हैं इसको यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको अच्छे लाभ होंगे प्रतिदिन श्री सुक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ आपको करना रहेगा शुक्रवार वाले दिन शाम को एक देसी घी का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे जला करके रखना होगा इसके साथ साथ दर्शकों संडे वाले दिन सूर्य देव को अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ आपको करना रहेगा किसी भी प्रकार का गोमेद धारण मत करिएगा अन्यथा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे दर्शकों माता पिता के चरण जो है स्पर्श करके पैर छू करके प्रतिदिन आपको आशीर्वाद लेना है दोनों हथेलियों के दर्शन करिए कराग्रह वस्ते लक्ष्मी कर सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम तो दोनों हथेलियों के यदि आप दर्शन करते हैं तो सौभाग्य के आपके दरवाजे सब खुल जाएंगे कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार